नमस्कार मैं हूं राणा राम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर प्रजापति फिल्म स्टूडियो और आज मैं आपको आज के मुख्य समाचार बताऊंगा चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्रक व टैंकर में भिड़ंत दो घायल बड़ा हादसा टला ट्रक में फंसा ड्राइवर ट्रैक्टर से ट्रक हिस्से को खींच निकाला बाहर बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाना अंतर्गत बांटा फांटे पर आयश्य ट्रक व केमिकल टैंकर के बीच भिड़त हो गई भिड़ंत इतनी तेज थी कि आयश्य ट्रक का ड्राइवर बुरी तरीके से फंस गया ड्राइवर समेत तीन लोग घायल हो गए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से गंभीर घायल ड्राइवर व खलासी को बाहर निकाला गया गुड़ामलानी अस्पताल पहुँचाया गया सूचना पर गुड़ामलानी पुलिस मौके पर पहुँचिए हादसा की वजह होना सामने आ रहा है मेगा हाईवे पर जगह जगह बड़े बड़े हो गए पुलिस के अनुसार केमिकल टैंकर खाली गुड़ामलानी से सांचौर की तरफ जा रहा था सामने से आ रहे आयशर ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई ट्रक राजकोट से गुड़ामलानी आ रहा था टैंकर ने ट्रक को हाईवे नीचे तक ले गया आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया ट्रक ड्राइवर बुरी तरीके से फंस गया लोगों ने बाहर निकलने की मशक्कत सफल नहीं हो पाए ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर आए और ट्रक के हिस्से को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खींचा गेट तोड़कर गंभीर ट्रक ड्राइवर डीजल भाई 35 पुत्र सवा भाई को बाहर निकाला वहीं अजय भाई 35 पुत्र मनसुख भाई और सजय भाई पुत्र भलू भाई निवासी राजकोट को बाहर निकाला गया तीनों को एम्बुलेंस से गुड़ामलानी अस्पताल पहुंचाया। एक व्यक्ति के मामूली चोट आई अन्य दोनों का इलाज चल रहा है पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को जबत कर लिया है आयश्य में फनीचक व टैंकर खाली था मेगा हाईवे हादसे का हाईवे बनता जा रहा है तीन पहले हादसे में आठ लोगों की मौत हुई थी वहीं पर गुरुवार को एक बार फिर हादसा हुआ है आयशर ट्रक में लकड़ी का फर्नीचर भरा हुआ था और टैंकर खाली था इससे बड़ा हादसा टल गया आर्मी जिले की गुड़ामलानी बाटा फाटे पर ट्रक और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि आय ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह ऐसी फस गया पुलिस और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद ऐसी गंभीर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला दो अन्य घायल सही ड्राइवर को गुड़ामलानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक भास्कर